लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते बेवकूफ प्रेमी खूब युद्ध करो कोई आ रहा है कोई कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है, है। छोड़ आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ हमारी बात नहीं करते हो तो कैसी बातें कर रहा हूँ हम हम हम हम उसको प्यार करते थे तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते है ना हाँ तो प्यार करने वाले लोग है ना तुम्हारे पास हाँ तब कहे मरे जा रहे हो तीसरी बना लो चौथी बना लो, पांचवी बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे जो भी तुमसे गए अब तुमसे बात नहीं करेंगे रखो रखो वो रखो वो रखो वो रखो नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए